वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है हमीरपुर जिले की दोनों सदर हमीरपुर और, और जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ करीब आठ लाख दस हजार मतदाता चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों के जरिए कर रहे हैं सदर हमीरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से मनोज प्रजापति बीएसपी से जामफुल निषाद सपा से रामप्रकाश प्रजापति और कांग्रेस से राजकुमारी चंदेल चुनाव मैदान में हैं। वहीं राष्ट्र सभा से बीजेपी से मनुष्य अनुरागी सपा से राजपूत चंद्रवती वर्मा और कांग्रेस से कमलेश कुमार के साथ साथ बीएसपी से प्रश्नभूषण चुनाव लड़ रहे हैं फिलहाल इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में लगातार बंद हो रहा है और मतदान खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशियों के भाग का पिटारा दस मार्च को खुलेगा जब वोटों की गिनती होगी और इसी खबर पड़ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शीलू निषाद जुड़ गए हैं शीलू जी जिस तरीके से लगातार वोटिंग जारी है मतदाताओं मतलब के बीच किस तरीके का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और किन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है शीलू जी जी जी सर हम आपको बताने की जिस तरीके से यहाँ पे प्रमुख मुद्दे हैं तो वो है एनएस जिसमें लगातार रोज हादसे होते खूने ना यहाँ पे डिवाइडर तो उनकी मांग को लेकर लोग वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में दूसरा मुद्दा बताएं तो वही किसान किसान अन्ना जानवरों से परेशान रहते इन हैं इन मुद्दों पे और वही चुनाव को चुनाव को लेकर भारी भारी भीड़ देखने को मिल रही है लोग इतने उत्साह हो गए वोटिंग जी इसी के साथ कई जगह पर ये समस्याएं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं इसको लेकर क्या आपको जो है दिखाई पड़ रहा है वहां पर क्या आरोप है क्या किस तरीके के समीकरण हैं और आम तौर पर मतदाता क्योंकि अंतिम चीज तो वही है राजनीतिक दलों का काम है कि वो राजनीति करें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप यह सब चलते रहेंगे मतदाता के दिल में क्या है वो दर्शकों तक पहुंचाए शीलू जी अगर हमीरपुर की बात करें तो यहां पर अभी ऐसी कोई भी समस्या सुनने पर नहीं आई हुई है और सुबह एक मशीन पे डैमेज हुई थी थी लेकिन कुछ ही देर बाद में वो बना दी गई चलिए बहुत शुक्रिया शीलू जी इस अहम जानकारी के लिए आपका तो लगातार तीसरे चरण का मतदान जारी है और हमीरपुर की सीटों का हाल आपको बता रहे हैं यहाँ पर सदर और विधानसभा सीट का हाल आपको हमारे संवाददाता शीलू जी ने बताया और जहां पर अन्ना जानवर जो कि आवारा जानवर हैं किसानों की मेहनत जो उनकी खड़ी हुई फसल है उसको चर जाते हैं ये एक बड़ा मुद्दा वो वहां पर बता रहे थे और लगातार वहां पर मतदान जारी है और मतदान के जरिए वहां के मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रहे हैं 10 मार्च को जब ये पिटारा खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिरकार